अवतार द वे ऑफ वाटर के बारे में कुछ ऐसी बातें है जिसे जानकर आप चौक जाओगे इस मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरन अवतार मूवी पर 1994 से ही काम कर रहे थे लेकिन वो जिस तरह के स्पेशल इफेक्ट चाहते थे वो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था इस वजह से इस मूवी को कुछ समय तक रोकना पड़ा इस मूवी के डिरेक्टर भारतीय पुराणों से काफी इंस्पायर थे उन्होंने विष्णु भगवान के दस अवतार रूप से ही अवतार शब्द को लिया था इसके अलावा हमारी भारतीय संस्कृति में देवताओं को नीले रंग ऐसी दर्शाया जाता है इसीलिए उन्होंने अपने कैरेक्टर का रंग भी नीला रखा इस मूवी का बजट टू मिलियन डॉलर है और इसमें हमें मार्बल की गमोरा जॉय एलेंडेना के साथ ग्रुपों आवाज देने वाले विंडिसल और टाइटेनिक मूवी की रोज यानी गेट विट भी दिखाई देगी आपको बता दूं, अवतार दफ तो वाटर के बाद अवतार थ्री 2024 में अवतार फोर दुल राइट दो हजार में और अवतार फाइव 2028 में देखने को मिलेगी अवतार मूवीज में जेम्स कैमरन की मूवी टाइटनिक का रिकॉर्ड तोड़ डाला था और ये मूवी दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन चुकी थी दस सालों तक इसका रेकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया था इसका रेकॉर्ड तोड़ने के लिए विनेंद्र सेन गेम को दो बार रिलीज करना पड़ा लेकिन चाइना में दोबारा रिलीज होने के बाद ये मूवी फिर ऐसी फर्स्ट पोजिशन पे आ गई